देखो दोस्तों इस वीडियो में हम कैसे किसी भी वीडियो का वाटर मार्क कैसे वीडियो पर देखता है ना टिकट का सिंबल दिखता है का सिंबल दिखता है हम उसको कैसे रिमूव करें आइए हम इस वीडियो में बताते हैं ठीक है जिसको जिसको किसी भी वीडियो का वाटर मार्क रिमूव करना है वही इस वीडियो को देखेगा जिसको नहीं करना है और नहीं देखेगा इस वीडियो को ठीक है हम इस वीडियो में खाली इतना ही बताएंगे कि किसी भी वीडियो का वाटर मार्क कैसे रिमूव किया जाता है देखो एक और वीडियो दिखा रहे हैं देखो ये काइन मास्टर का वीडियो है हाँ ये टिकट का वीडियो है देख रहा है ना दोनों वीडियो में दिख रहा है ना ये वाटरमार्क का सिंबल दिख रहा है ना? देखो हम कैसे इस वीडियो को रिमूव करते हैं हम कौन सा वीडियो में लेकर आपको रिमूव करके दिखाए चलिए हम टिकॉक का वीडियो लेते हैं इसको हम वाटरमार्क को रिमूव करके हम दिखाते हैं ठीक है देखो इस वीडियो में देखो ये टिकटॉक का वीडियो है ठीक है इस वीडियो में देखो यहाँ पर सिम्बल एक दिखा रहे हैं ठीक है सत्य सत्यराज चौहान लिखा है ठीक है इसमें कोई लिखा है इस नहीं नहीं, मतलब लिखा है ठीक तो है, इसी तरह भी देखा था है देखो इसमें दिखा रहा है सत्याराज चौहान ठीक है इसी को समझो की वाटर मार्क है देखो इसको हम कैसे रिमूव करते हैं जैसे ये वीडियो में दिख रहा है यहाँ यहाँ पर दिख रहा है सत्याराज चौहान ठीक है तो दूसरा का वीडियो हम दिखा रहे एक और वीडियो इसमें देखो ये नहीं दिख रहा है वाटरमार्क क्योंकि इसमें उस तरह नहीं है बहुत सारा दोस्तों ने कमेंट किया है की नहीं यार कोई अच्छा बताओ की कैसे वाटरमार्क को रिमूव करते हैं ठीक है इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ सेम वीडियो लेकर आया हूँ ठीक है इस टाइम कोई चेंजिंग नहीं है इसमें नहीं दिख रहा है ना इसमें नहीं दिख रहा है इसमें दिख रहा है ठीक है और आप लोग को भी चाहिए इसको वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए तो आप लोग हमको कमेंट में बोलिए ठीक है इस वीडियो में हम नहीं दिखा सकते हैं ठीक है उस ऐप को रिमूव करने के लिए हम उठता है ना वाटर मार्क उसका मैं लिंक दे दूंगा कमेंट में ठीक है अगर आप लोग को चाहिए रिमूव करने के लिए आप लोग कमेंट करिए मैं कमेंट आपको दे दूँगा ठीक है